दोस्तों क्या हुआ जब प्रेग्नेंट औरत लोगों से यह बोलकर हेल्प मांगती है कि उसका पर्स चोरी हो गया है और वह सुबह से भूखी है तो लोगों के इंजेक्शन देखकर आप हैरान रह जाएंगे हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि एक औरत दूसरे औरत की हेल्प करती है लेकिन यह मुतरमा यह बोलकर चली जाती है कि मेरे पास टाइम नहीं है इस आदमी ने तो ये तक कहती है की तुम्हारा ये रोज का धंधा है लेकिन सौ में से सौ लोग खराब नहीं होते उनमें से नब्बे लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए खड़े रहते हैं उन्हीं में से ये भाई है इनका आज जन्मदिन है और ये अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे लेकिन इस भाई दिल इतना बड़ा है कि ये बिना केक काटे उस प्रेग्नेंट महिला को केक खाने के लिए दे देता दे है और 100 रुपीज की हेल्प भी कर देता है और ये बूढ़े दादा दादाजी अपने वेट मेजर करने वाली मशीन से कमाई गयी सारे दिन की कमाई ये बोल कर दे देते हैं कि बेटी इन पैसों की जरूरत इस समय तुमको है तो दोस्तों आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर दूसरों की हेल्प कर बाकी है